जनक ने एक दफा बड़ा शास्त्रार्थ का आयोजन करवाया उस समय के बड़े ज्ञानी याग्न बल्क भी उसमें शास्त्रार्थ में गए जनक ने हजार गुए खड़ी रखी थी महल के द्वार पर कि जो चीज जाए ले जाए याग्न बल्क महापंड थे उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि गुवे धूप में खड़ी हैं तुम इनको ले जाओ विवाद में पीछे कर लूंगा इतना भरोसा रहा होगा अपने विवाद की क्षमता पर बड़ा अहंकारी लेकिन वो जमाने भी अद्भुत थे एक स्त्री खड़ी हो गई विवाद करने को घर की उसका नाम था उसने याकमन को प्रश्न पूछे उसने मुश्किल में डाल दिया स्त्री पुरुषों से ज्यादा बच्चों के करीब इसलिए तो स्त्री उम्र भी भी पा तो तो उसके चेहरे पे और होता वही उसका सौंदर्य स्त्री बच्चों के करीब है, तो तो तो है।, है क्योंकि अभी भी रो सकती अभी भी हंस सकती पुरुष बिल्कुल सुख गए होते तो और तो सब पंडित थे उन सूखे पंडितों को यागवंश ने हरा दिया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 कोई भी बच्चा कर देता इसमें गार्गी की, की कोई गारूबी नहीं थी खुबी इतनी ही थी कि अभी वो खूब प्रश्न तो का उत्तर देना सदा आसान सरल प्रश्न का उत्तर देना सदा कठिन क्योंकि प्रश्न इतना सरल होता है उसमें उत्तर की गुंजाइश नहीं होती जब प्रश्न बहुत कठिन हो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 किसको समझाने का उपाय नहीं इसकी परिभाषा भी नहीं बना सकते परिभाषा भी पुनरुक्ति होगी अगर तुम कहो पीला रंग पीला रंग तो ये पुनरुक्ति परिभाषा दोहरा दी बात तो प्रश्न अटका ही रहा गार्गी ने कोई बड़े कठिन प्रश्न नहीं पूछे सीधी साधी स्त्री रही होगी वही मुस्किल खड़ी हो गई अगर वो भी उलछी स्त्री होती है तो याक ने उसे हरा दिया होता वो पूछने लगी मुझे तो छोटे छोटे प्रश्न पूछने ये पृथ्वी को किसने संभाला हुआ तभी होगा कि कि की बातें कोई शास्त्रीय प्रश्न नहीं। तो ने ने जो एक उत्तर था दिया कि कछुए कछुए संभाला हुआ है, कछुए के ऊपर टी ये उत्तर बचकाना है ये उत्तर बिल्कुल झूठा है गार की पूछ लगी और कछुए किस पर टिका है बच्चे का प्रश्न है इसलिए मैं कहता हूं गार्गी ने खड़ी कर क्यों दी क्योंकि सीधी तुम बताओ हाथी पे खड़ा है हाथी किस पे खड़ा है तो तो तो तुम, तुम कहा तक जाओगे आखिर में ये तो हल्ले होने वाला तो उसने सोचा की इसे चुप ही कर देना उचित है जैसा की सभी पंडित सभी शिक्षक सभी माँ बाप